जय श्री साई दोस्तों सभी दोस्तों को राम राम दोस्तों अपनी ओल्ड गेम सिंगल रहेगी आज इकसठ और पचास दोस्तों चैनल पे जो ये नंबर आ रखा है इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी पूरी डिटेल ले सकते हो ये ऑनलाइन खाई खरीवाल का नंबर है और किसी भाई ने अगर अपना पर्चा देना हो तो पर्चा भी दे सकता है पेमेंट की पूरी जिम्मेवारी रहेगी दोस्तों और अपनी मेन जोड़ी रहेंगी दोस्तों 20, 25, सत्तर पचहत्तर और तेईस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों और अपनी स्पोर्ट जोड़ी में रहेंगी 28, 33, सतासी 12, 17 सतासी बारह सत्रह वीडियो को शेयर करो दोस्तों लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और अपनी ब्लास्ट जोड़ी रहेगी दोस्तों छब्बीस छिहत्तर चालीस पैंतालीस और नब्बे दोस्तों हल्की पलट के साथ गेम खेलनी है ये आज लॉस कवर गेम है हल्की पलट के साथ खेलनी है और आज की पकड़ जोड़ी में रहेगी 30, 35, अस्सी पचासी और नब्बे